मेरी इजाजत के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना ये बोला था ना मैंने तुम्हें अगर कोई भी अरा गा अंतर आया तो तुम्हारी नौकरी गई। ये ही गहरा किसको बोल के